ताजमहल को सात अजूबों में कैसे शामिल किया गया साल 2000 से लेकर 2007 के बीच स्विट्जरलैंड के न्यू सेवन वंडर्स फाउंडेशन द्वारा दुनिया के दो सौ ऐतिहासिक को लेकर सर्वे कराया दुनिया भर के करीब 10 करोड़ लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया सर्वे के नतीजों के आधार पर साल 2007 में ताजमहल को दुनिया के सात नए अजूबों में शामिल किया गया इस सूची में गीजा के पिरामिड को सम्मानीय सदस्य का दर्जा दिया गया हालाँकि इस सर्वे को यूनेस्को ने समर्थक नहीं दिया था